गणेश चतुर्थी का अवसर है समय आ रहा है श्री गणेश साधना का गणेश जी की पूजा का हर बार की तरह भविष्य एस्ट्रो रिसर्च सेंटर गौतम नगर भोपाल हमारे यहाँ पर गणेश जी की विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ उपलब्ध हैं जिसमें रत्नों से बनी हुई श्री गणेश प्रतिमा है, पारद से बनी हुई श्री गणेश प्रतिमा रुद्राक्ष गणेश जी इसके अलावा श्वेतार्क लकड़ी से बने हुए स्फटिक जो होता है रत्न उसके बने हुए विशेष प्रकार से कार्विंग किए हुए सुपारी के ऊपर गणेश जी को बनाया जाता है तो इस तरीके के बहुत सारी प्रतिमाएं हमारे यहां पर उपलब्ध हैं जो कि हम आपको यहां पर बता भी रहे हैं आप जैसे देखेंगे सबसे पहले गणेश जी को इसमें स्थापित करके इसमें विशेष रूप से सजाया गया है और गणेश जी से संबंधित जो भी जैसे रुद्राक्ष है कौड़ी है गोमती चक्र है उन सभी का प्रयोग इसमें किया गया है ये हैंडमेड है इसके बाद आप देखिए ये मूँगे से बने हुए श्री गणेश जी की प्रतिमा हैं अच्छा एक और विशेष बात जब आप गणेश जी की स्थापना करते हैं तो हम उसको रखने के लिए उनको स्थापित करने के लिए भी इस तरीके के कुछ कोस्टर्स तैयार करके देते हैं जो हैंड पेंटेड होते हैं जिस पर आप गणेश जी को रखकर और स्थापित कर सकते हैं आपको और बहुत खूबसूरत दिखेंगे ये पारथ के बने हुए हैं मरक्यूरी पारद के बने हुए गणेश जी होते हैं तो रत्नों में तो विभिन्न प्रकार के होते हैं स्पर्टिक होता है रोज क्वार्ट्ज होता है लेपिस लजुली होता है सन स्टोन होता है उस तरीके की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं बनी हुई ये देखिए आप ये स्फर्टिक के बने हुए हैं ये रियल स्पर्टिक होता है तो भविष्य एस्ट्रो रिसर्च सेंटर जो हमारा संस्थान है तेईस साल हो गए हैं काम करते हुए हमारे यहाँ पर जितने भी प्रकार के आपको गणेश प्रतिमाएँ मिलेंगी लगभग सभी बहुत अच्छी क्वालिटी की होंगी बहुत अच्छी कार्विंग की हुई होंगी और विशेष प्रकार से निर्मित होती हैं साथ ही इन सबको हम मंत्र इलिंग के द्वारा अभिमंत्रित करके देते हैं तो समय है गणेश चतुर्थी का अवसर है आप आइए इस संबंध में और भी कोई जानकारी चाहें और भी विभिन्न प्रतिमाएं देखना चाहें बहुत सारे साइज में प्रतिमाएँ हैं तो आप हमारे यहाँ पर आ देख सकते हैं या ऑनलाइन भी हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं